दोस्तों तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि लोएस्ट व्यूज़ आने का खास रीज़न क्या है तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले पेज को लाइक कर ले और आइकन को प्रेस कर ले ताकि तो हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ लोएस्ट व्यूज़ आने का खास रीज़न क्या है तो लोएस्ट व्यूज़ आने का खास रीज़न है हमारा थम्मेल हमारा सेटिंग और हमारा वीडियो क्वालिटी तो दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं और सीधा वो अपलोड करते हैं कुछ भी उसमें इफेक्ट नहीं डालते हैं कुछ भी थंबनेल नहीं लगाते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लगाते हैं तो दोस्तों अगर आप अगर चैनल अगर आप नया चैनल बनाया है और आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो पे ज़्यादा ज़्यादा व्यूज़ आए तो दोस्तों करना कुछ नहीं है इसके लिए आपको सीधा जाना है सेटिंग पर सेटिंग पर जाना जैसे अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के बाद आपको प्राइवेस प्राइवेट कर देना है दोस्तों प्राइवेट करने के बाद आपको हम, हमें वहाँ से बाहर आ जाना है और वाई स्टूडियो में हमें चले जाना है जैसे कि इस तरह के आप देख सकते हैं दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख चुके हैं तो यहां पर जाने के बाद आपको एडिट का ऑप्शन में जाना है एडिट का ऑप्शन में जाने के बाद आपको सबसे पहले वहां पर थम्बेल सेलेक्ट करना है एक थमवेल ऐसा हो जिसमें जो अच्छी क्वालिटी में हो 4K में हो जिससे वो एट्रैक्टिव लगे और उसमें कुछ इस तरह से आपको कुछ इस तरह से लिखना है वहाँ पर कि लोग आपके वीडियो की और अट्रैक्ट हो जाए और वो ओपन करके देखना शुरू कर दे तो उसके बाद आपको वहाँ से वो सेटिंग करने के बाद आपको आना है और जाना है आपको टैग पर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको टैग में आपको टैग से रिलेटेड आपके वीडियो से रिलेटेड जो भी सर्च लोग कर सकते हैं ये इमेजिंग करके आप वहाँ पे आप टैग कर सकते हैं वो टैग करने के बाद वो आपकी सेटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है कंप्लीट होने के बाद आपको इसे सेव कर देना है सेव करने के बाद आपको वो उसकी प्राइवेसी हटा प्राइवेट को हटा देना है और पब्लिक कर देना है पब्लिक करने के बाद हमें कुछ देर के बाद ये जैसे ही अपलोड होता है ये आपका पब्लिश हो जाता है दोस्तों तो दोस्तों अगर ये अगर आप इसी तरह का वीडियो बनाना बना अगर आप इसी तरह का वीडियो कंटिन्यूसली बना रहे हैं और आपका अगर थंबनेल सही से नहीं आ रहा है डिस्क्रिप्शन में अगर सही नहीं आ रहा है और आप आप वीडियो से के नाम पे अगर जो भी टाइटल आप सेट कर रहे हो वो अगर अच्छी टा, टाइटल सेट नहीं कर रहे हैं तो आपका वीडियो को लोग कम से कम वाच करेंगे तो तो दोस्तों इसके लिए करना तो इसके लिए करना कुछ नहीं आप अच्छे से अच्छी थम्बे लगाए और डिस्क्रिप्शन में अच्छी उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आप लिख दें और टाइटल जो भी है वो एक अच्छी तरीके से बनाएं ज़्यादा उसमें इमोजी वगैरह लगा कर उससे भद्दा ना करें तो दोस्तों अगर हमारे चैनल आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं